हेलो दोस्तों मैं विक्की चौधरी स्वागत करता हूं इस ब्यूटीफुल से चैनल पे फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे क्या क्या देख लिया था पहला हमने देखा था क्वार जो इसमें हमारे में यूज होगी उसके लिए हमने बेसिक बेसिक चीजें पढ़ ली थी इसके अलावा बाइनोमियल थोरम लोग्रथम इसके बारे में हमने लास्ट क्लासेस में देख लिया था इसके लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हो हम इसमें आते हैं ट्रिक्नोमेट्री के बारे में उसके बाद में हम डिफ्रेंसियन पढ़ेंगे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और फिर वेक्टर वेक्टर के बारे में हम आगे के में पढ़ सकते हैं इसके अलावा हम है ना जो यहाँ पे भी इसके बारे में बेसिक नॉलेज ले लेंगे तो आगे बढ़ते हम ट्रिक्नोमेट्री के साथ ट्रिक्नोमेट्री ट्रिक्नोमेट्री जिसको हम हिंदी में पढ़ते हैं त्रिकोण हम है ना जो बेसिक जो वीडियो है वो हिंदी और इंग्लिश के लिए एक ही वीडियो बनाएंगे सेम फिर आगे जाके हम हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग अलग वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे जो बीजित या बीज गणित बोलते हैं त्रिकोणमती फंक्शन फलन तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है जो जैसे पढ़ते हैं हम Costita, ये आते हैं है फंक्शन के अंदर और एल्जेब्रिक फंक्शन के अंदर जिसे हम, मैं लिख दूं कि ये टू पाई है टू पाई रेडियन है रेडियन है वो है जो एंगल की ऐसा यूनिट है कोण की ऐसा यूनिट वो है रेडियन तो इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन इसलिए हमें इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है और ये एलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिक्नोमेट्री फंक्शन अब मैं एंगल के बारे में पढ़ लेता हूँ एंगल क्या होता है कभी आप उसमें सिनेमा हॉल में मूवी देखने गए होंगे तो ये मान लो कि यहाँ पे ये स्क्रीन लगी हुई है और मैं बैठा हूं यहाँ पे जब मैं उसके सबसे आगे वाले सीट पे बैठा हूं, तो मैं यहाँ से इधर यहाँ तक देख सकता हूँ और यहां तक देख सकता हूँ अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरे को क्या होगा मान लो कि कोई भी एक्ट्रेस यहाँ से यहां तक आ रही है चल के यहाँ तक आ रही है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा पहले तो मैं इधर देख रहा था यहां से मेरे को यहां तक मेरी नजर घुमानी पड़ेगी ये मेरी नजर यहां तक घुमानी पड़ेगी ये ये एंगल हो गया ये है थेटा। अगर मैं मैं सबसे पीछे वाली सीट पे पे पे बैठा हूं, मैं यहां से यहां पे था था तो क्या देखेंगे प मेरे को नजर जो घुमानी पड़ेगी वो अब थोड़ी कम घुमानी पड़ेगी ये अल्फा यहाँ से यहां तक तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमें थोड़ा सा एंगल जो एंगल है वो कम हो गया इस डिस्टेंस के साथ वो एंगल थोड़ा कम हो गया तो इसी प्रकार हम देख लेते हैं तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे मेरे को एंगल कम चलना पड़ा तो यहाँ आप समझ में आ गया होगा कि पीछे वाले टिकटों के पैसे ज्यादा क्यों होते हैं ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा तो जहां पे पीछे बैठते हैं तो उनका हमेशा टिकट के पैसे ज्यादा होते हैं इसी प्रकार हम यहाँ से देख क्या पा रहे हैं ये देखो यहाँ से यहाँ जो ये आर्क है ये जो आर्क है इसका चाप है। उसकी जो लेंथ है वो तो दोनों के लिए सेम सेम है। है। है है, अगर मैं मैं आगे या पीछे पीछे दोनों के लिए सेम है। मैं जब पीछे जा रहा रहा रहा रहा से इस, इस से स्क्रीन डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं, तो क्या हो रहा है? कि मेरे मेरे को को एंगल कम कम रोटेट होना घूमना मतलब अगर आर बढ़ेगी तो एंगल कम होगा अगर मैं यहां से ये हमारे फॉर्मूला एंगल को हम ठीठा से डिनोट कर सकते हैं तो एंगल को मैं ठीठा से लिखूंगा तो ठीठा इज गु आर्क आर्क को आर के रहने देता हूं और नीचे क्या है आर आर वो है इसकी रेडियस तो हमें यहां से क्या मिल रहा है आर्क इज गु आर्क इज ग आर इंटू ठीठा ये मिल गई मेरे को इसको चाप भी बोलते हैं चाप की लंबाई या आर की लेंथ हम बोल सकते हैं तो ये होता है एंगल हम आगे बढ़ते हैं इसमें इसमें आगे बढ़ते हैं आ, मैं बोलूं। ये है अगर मैं यहां पे ये देख लू मैं यहां पे बैठा था यहां से हम घूम के मैं जा रहा हूं यहां से घूम के मैं इधर वापस आ गया तो मैं कितना एंगल चलाऊंगा मैं एंगल चल गया 360 डिग्री 360 सिक्सटी डिग्री ये है एंगल ऐसे ही मैं ऐसे देख लू कि मैं यहां से एंगल एंगल के बारे में पता लग गया? एंगल की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है रेडियन जिसको शॉर्ट में लिखते हैं आर रेडी रेडियन होती है इसकी ऐसा यूनिट इसको जनरली हम हर जगह यूज नहीं लेते है. जनरली हम डिग्री यूज लेते हैं लेकिन इसकी जो ऐसा यूनिट है वो होती है रेडियन हम आगे देख लेते हैं इसके अंदर यूनिट्स ऑफ एंगल एंगल की कौन कौन सी यूनिट होती है इसकी तीन प्रकार की यूनिट होती है थ्री टाइप्स की यूनिट होती है पहला वो है रेडियन दूसरा है वो है डिग्री डिग्री और तीसरी है मिनट पर सेकंड मिनट पर सेकंड ये तीन यूनिट हमारे पास एंगल्स की होती है जो रेडियन होती है रेडियन को हम हमेशा जैसे कैसे भी मैं लिख रहा हूं जैसे कि टू पाई जिसके साथ कोई और फंक्शन नहीं होता उसको हम रेडियन में लिखते हैं हमेशा जैसे मेरे पास एक आता है साइन तीस डिग्री ये तीस डिग्री मैं क्या कर रहा हूं इस फंक्शन के साथ साइन के साथ लिख रहा हूं वरना मैं इसको तीस डिग्री ऐसे नहीं लिख पाऊंगा ओनली मैं जब भी लिखूंगा उसको हमेशा रेडियन में लिखूंगा हमेशा रेडियन में लिखूंगा रेडियन इसकी ऐसा यूनिट होती है जनरली हम बोल देते हैं तीस डिग्री साठ डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री ये हमारा मेथड ओरिजिनल मेथड नहीं है ऑफिशियल नहीं है हम इसको जनरली बोल ही देते हैं वरना ये हमारा ऑफिशियल मेथड नहीं है तो हम किसी भी फंक्शन में इसको डिग्री में भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम इसको हम रेडियन में भी लिख सकते हैं जैसे साइन के अंदर में इसको रेडियन में भी लिख सकता हूँ टू पाई रेडियन या टू इसको मैं थ्री डिग्री भी लिख सकता हूँ बट जब ये हमारी एल्जेब्रिक फंक्शन की बात आती है हम इसे हमेशा रेडियन में ही ऐसे सो करते है, 60 अब इसको मैं वन मिनट को निकालू तो मेरे पास आ रहा है वन डिग्री अपॉन सिक्सटी ये हमारा इसका कन्वर्जन आता है अब सर यह तो बता दिया इसके अलावा डिग्री का इसमें मिनट पर सेकंड में तो बता दिया आपने। बट रेडियन को डिग्री में बदलना नहीं बताया इसको हम आगे देखते हैं देखो, मैं अगर मैं अगर यहां पे खड़ा था तो मैं यहां से घूम के यहां आ रहा हूं तो मेरे को कितना चलना पड़ा थ्री डिग्री इसको यह होता है टू पाई रेडियन के इक्वल टू पाई रेडियन के इक्वल होता है ये हमेशा याद रखना याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है आपको याद हो जाएगा अपने आप जैसे जैसे हमारे काम आएगा वैसे वैसे ये याद हो जाएगा। तो यहां से मैं दोनों अगर मैं एक रेडियन की बात करूं एक रेडियन सॉरी एक रेडियन की बात करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा एक रेडियन इजगस टू 180 डिग्री अपॉन पाई है मेरे पास अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया जिसको आप याद रख भी सकते हो और नहीं भी ये आप आपको मैं इससे निकालना भी बता दूंगा 1 डिग्री इज गु क्या हो जाएगा मेरे पास वो हो जाएगा पाई अपॉन 180 ये हो गया रेडियन ये हो गया रेडियन तो हम हमें क्वेश्चन दे रखे हैं ये हो गया रेडियन ये दो फॉर्मूले हो गए इनका कन्वर्जन हो गया अब हमें ये डिग्री में बदलना है इससे कन्वर्ट कर सकता हूँ ये तो है ये तरीका तो आप कोई भी बच्चा कर लेगा मैं उसको क्यूशन दे दूंगा ये फॉर्मूला दे दूंगा तो वो कर लेगा बट मैं एक अलग तरीका बताता हूँ ये देखो यहां से यहां में घूमा थ्री घूम गया ये थ्री सिक्सटी किसके बराबर था ये था टू पाई इक्वल था तो इसको मैं चार पार्ट में डिवाइड कर लू अगर मैं चार पार्ट में डिवाइड कर लू तो दो मैं दोनों तरफ चार से डिवाइड कर तो मेरे पास क्या आ गया ये 90 के नाइनटीवल इधर आ रहा 90 degrees तो ये क्या हो गया? पाई बाई टू ये और ये आ गया तो पाई बाई टू किसकेक्वल है नाइन्टी डिग्री के नाइनटी डिग्री है इसके अलावा हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे पाई बाई थ्री है सेकंड वाला क्वेश्चन है इसमें पाई बाई थ्री है इसको डिग्री में कन्वर्ट करना तो पाई की जगह मैं 180 रख दूंगा 180 रख दूंगा 180 डिग्री रख दूंगा तो ये हो गया 60 डिग्री ये डायरेक्ट तरीका है इसमें रख के भी आप कर सकते हो पर यह क्या है मजदूरी ये मजदूरी हो जाएगी यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा फाइव इंटू वन यहां से मैं ये करा तो मेरे पास आ गया वन डिग्री आ गया सीधा उससे क्या हो रहा था मजदूरी हो रही थी इससे करोगे तो धीरे धीरे आपको जल्दी होने लग जाएगा और फटाफट से आपको हर चीजें याद होने लगेगी ठीक है हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है। नेक्स्ट है वो डिग्री से रेडियन में बदलना है अब हमने क्या करा है थ्री सिक्सटी डिग्री क्या होता है वो होता है टू पाई के बराबर ये होता है अब मैं यहां से डिग्री से रेडियन में बदलना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं टू पाई लिख सकता हूं अब मेरे को क्या करना है यहाँ पे 30 डिग्री बनाना है 30 बनाना है ना 30 डिग्री 30 डिग्री बनाना है तो क्या करना पड़ेगा यहाँ से 6 से डिवाइड करना पड़ेगा इधर भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये क्या आ गया पाई बाई सिक्स ऐसे ही मैं सिक्सटी का देख लू सिक्सटी डिग्री को कैसे करते हैं तो वन को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा वन को जैसे यहाँ पे पाई है इसको कितने से डिवाइड करूंगी सिक्सटी आ जाएगा थ्री से से, थ्री से तो पाई बाई थ्री हो गया अगर से डिवाइड करना पड़ता तो पाई बाई कर सकते हैं हमारा डिग्री बन रहा है तो ये है हमारा डायरेक्ट तरीका वर्णा फॉर्मूले में रख के तो कोई भी कर सकता वो कर सकते हो आप उससे फॉर्मूले में रख के भी कर सकते हो इसमें जो ये मेरे पास एक टेबल है जो हमारे जनरली काम आती है जीरो डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी नाइनटी वन टे वन थर्टी फाइव ये, 135, ये 150, और 180। इसमें हम कैसे निकालते हैं इसको मैं एक निकालने का तरीका बता देता हूँ और आपको ये जनरली वैसे तो याद रखनी है फटाफट से याद आना चाहिए बेसिक चीजें यह सब कुछ आगे फिजिक्स में नीट के अंदर आपको बहुत कम टाइम मिलता है ये टेबल बनाने का टाइम नहीं मिलेगा और जेई के अंदर हो सकता है आपको टाइम मिले बट उस टाइम तक ऐसा हो जाएगा कि यार ये बेसिक चीजें नहीं बता तो फिर आगे क्या ही हो जाएगा तो यहां से मैं लिख लेता हूँ जीरो जीरो थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी और नाइन्टी यहां से मैं फोर तक लिख लेता हूँ तो मैं इसको डिवाइड करूंगा पहले फोर से इसको भी फोर से इसको भी फोर से इसको भी फोर से और इसको भी फोर से इसको फोर से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वापस बच और ये बन गया और ये तो जीरो का रूट करूंगा तो वन बाई टू बन जाएगा इसका रूट करूंगा तो मेरे पास वन बाई रूट टू हो जाएगा और इसका रूट करूंगा तो थ्री बाई रूट थ्री बाई टू हो जाएगा और इसका वन हो जाएगा ये सारा मेरे पास आ गया साइन जीरो से लेके नाइनटी तक की वैल्यू आ गई मेरे पास ये इसको मैं डायरेक्ट इसमें पुट कर दूंगा ये आ गया जीरो two, ये आ गया वन बाई रूट टू यह आ गया रूट थ्री बाई टू और ये आ गया वन अब मेरे को जब कोस का लिखना है तो इसका पूरा उल्टा कर दो इसका नाइन्टी को इसके जीरो में लिख दो सिक्सटी को इसको थर्टी में लिख दो तो ये कर दिया मैंने वन रूट थ्री ये सेम रह इसका जस्ट उल्टा लिख दो ये कर दिया और यहाँ पे जीरो आ गया अब मैंने बताया हम जानते हैं जो हमने टेंथ क्लास में पढ़ा है, इस होता है? टिता। टिता तो साइन टेटा की वैल्यू जीरो अपॉन वन।, वन जीरो में किसी से भी डिवाइड करूंगा हमेशा जीरो रहता है अब बाई टू अपॉन रूट थ्री बाई टू को हम डिवाइड करूंगा तो मेरे पास बच जाएगा रूट थ्री ये हो गया इसके अलावा इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास बन रहा है किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करता है तो इन्फिनिटी बन जाता है क्यों बन जाता है ये बहुत बड़ा है और यह जीरो बहुत छोटा है बहुत छोटा है किसी भी बहुत बड़ी चीज को बहुत छोटी चीज से डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या होता है इन्फिनिटी बन जाता है जैसे मैं वन को डिवाइड करूं मैं कर रहा हूं वहां पे मान लो कि मैं टू से कर रहा हूं सॉरी मैं टेन से कर रहा हूँ तो वैल्यू तो तो मतलब बढ़ती ही जा रही है जितने छोटे से वो कर रहा हूँ मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ ये वैल्यू बढ़ती जा रही तो ऐसे ही जीरो के आस पास चला जाऊ तो इन्फिनिटी पर चला जाएगा तो ये मेरे पास क्या हो गया इन्फिनिटी अब ये तो सही है सर बट आगे इनकी वैल्यू इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखते हैं वो दूर दिखती है अगर मैं यहां पर कांच रखता हूं तो मेरे को सिक्सटी है ना वो दिखेगा यहां पर दिखेगा ये वाला इसमें दिखेगा और ये जीरो दिखेगा वो इसमें दिखेगा इसके बाद मैं कोश थीटा की बात करूं थीटा का भी सेम वो हो जाएगा बट कोष थीटा क्या होता है जो नब्बे से आगे वाला जो हमारा जो वो होता है उसमें हमेशा नेगेटिव होता है नब्बे से आगे हमेशा नेगेटिव होता है वन एट्टी तक तो इसमें क्या हो जाएगा नेगेटिव वन बाई नेगेटिव वन बाई रूट रूट सॉरी नेगेटिव रूट थ्री बाई टू और ये हो जाएगा नेगेटिव वन इसके बाद इसका करूं तो टेन थीटा भी हमेशा नेगेटिव होता है नाइनटी से वन एटी तक तो इसमें नेगेटिव रूट थ्री नेगेटिव वन नेगेटिव वन बाई रूट थ्री और ये जीरो ये हो जाएगा अब मैं यहां से रेंज देखू कि कहा से कहा वेरी करते हैं तो मैं साइन टेटा देखू तो साइन टेटा क्या हो रहा है तो मैं यहां से साइन थीटा देखू कि कहां से कहां तक ये वेरी कर रहा है तो साइन थीटा का मैं देखूं तो साइन थीटा, साइन थीटा। अगर मैं जीरो से 180 तक देखूंगा तो साइन थीटा जिसकी मिनिमम वैल्यू तो वन है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू तो माइनस है और मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू प्लस है ऐसे ही मैं कोषिठा की बात करूं तो कोस थीटा में क्या हो रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो वन आ रही है लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है वो भी और मिनिमम जीरो आएगी अगर मैं टेन टेटा की बात करूं टेन तो टेटा की मिनिमम वैल्यू तो हमेशा माइनस वन होती है और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होती है इसकी इन्फिनिटी होती है टेन टेटा की ऐसे ही मैं बात करूं साइन टिटा जीरो से नाइनटी में हमेशा बढ़ता जाता है ये क्या हो रहा है जीरो फिर इससे बढ़ रहा है और ये बढ़ते हुए हो कम, कम होता जाता है वैसे ही टेन टीटा हमेशा बढ़ता जाता है ये इनफिनिटी पे चला गया हम आगे बढ़ते हैं इसी में ये हमें एक ट्रेंगल दे रखा है इसमें एक एंगल है ये ठीटा ये एंगल है हमारे पास एक मिनट ये एंगल दे रखा है ये क्या होता है ये ये बेस और ये होता है परपेंडिकुलर अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ये आधार आधार को मैं ए लिख लेता हूं इसको करण को के लिख लेता हूं और लंब को एल लिख लेता हूं तो क्या होता है यहां से हम साइन डेटा निकालते हैं उसके लिए हमारे जो एंगल के सामने वाला जो जो हमारी साइड होती है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए वो परपेंडिकुलर एंगल पे होनी चाहिए तो इसी के लिए हम साइन डेटा कोस्ट डेटा और टेंटेटा डिफाइन कर पाते हैं जैसे मेरे मेरे को निकालना है साइन डेटा साइन डेटा क्या होता है किसी भी दो लेंथों का रेसो होता है किसी भी दो लेंथों का रेस होता है कोश डेटा भी ये होता है और टेन डेटा भी ये होता है इसलिए ये यूनिट होते हैं इनमें कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ऊपर भी लेंथ और नीचे भी लेंथ ऊपर भी लेंथ और नीचे भी लेंथ तो तो दोनों की लेंथ की यूनिट एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाती है अब sin tan टेंटिटा और कोस्टिटा इनकी सर हमें याद करने का कोई तरीका बता दो इनका एक सौ ट्रिक है हिंदी वालों के लिए हो जाएगा लाल बटा लाल बटा कक्का लम आधार लम्बर्ण करण और आधार लम्ब से डिवाइड करण को करोगे तो ये होता है sin साइंटिटा ये वाला, sin साइंटिटा ये cos कोष्टिटा और ये tan टेन्थिटा इसी प्रकार हम इंग्लिश वालों के देखते हैं इंग्लिश वालों के लिए होता है वो होता है पी ए सॉरी पी पी बी पी नीचे होता है एच एच बी इंग्लिश वालों के लिए ये पंडित पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ये वैसे ये साइन ठीटा का ये कोशिटा का और ये टेन का तो लिए हो जाता है? गया आधार बटा करण इसी के साथ टेन टेन क्या होता है वो पी बटा बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस वैसे ही हिंदी वालों के लिए लम्बटा आधार ये हो जाता है हाइपोटेनिस आधार जिसको हम बेस बोलते हैं और जो परपेंडिकुलर ये इनके फॉर्मूले हो जाते हैं इसी के हम आगे एक और आता है इसमें जो आती है पाइथागोरस पाइथागोरस पाइथोग को हम ऐसे लिखते हैं हाइपोटेनिस स्क्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हिंदी वालों के लिए मैं इसको लिख सकता हूं कर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अगर हमें दो साइड दे रखी है तीसरी साइड तो हम इससे निकाल सकते हैं। इसके साथ हमें एंगल दे रखा है और दो साइडा तो तो का उल्टा कोशेक टिटा साइन टिटा का उल्टा तो उल्टा क्या हो जाएगा एच ऊपर आ जाएगा पी नीचे आ जाएगा वो भी क्या है लेंथों का रेशियो ही होगा वो भी लेंथों का रेशियो ही होगा वैसे ही कोशेक का क्या हो जाएगा sec theta और tan टेन क्या हो जाएगा cot को हम आगे बढ़ते हैं इसमें एक हमें एक हमें तो क्या हो सकता है क्योंकि टेन टेटा की वैल्यू इन्फिनिटी तक होती है टेन टिटा टेन इन्फिनिटी तक वेरी करता है तो इसकी वैल्यू टू हो सकती है हो सकती है तो ये क्वेश्चन पॉसिबल है टेन इजाजो टू क्या होता है मैंने क्या बताया था पंडित बदरी प्रसाद हर -हर या हिंदी वालों के लिए लाल बटा कक्का ये हो गया तो P बाई बी पी बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस अब देखो इसकी वैल्यू क्या है 2. जो दो लेंथों का रेशियो है तो ये भी क्या है? जैसे हुआ तो टू बाई वन अगर मैं बोलूं कि बेस अगर टू है आधार इसका अगर सॉरी वन है तो मेरे पास इसका जो लंब होगा जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा टू मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि इसकी बेस की वैल्यू वन है अगर बेस वन हुआ तो अगर बेस टू हुआ तो ये फोर हो जाएगा अगर ये थ्री हुआ तो ये सिक्स हो जाएगा ऐसे तो ये रेशियो में है तो हम इसको बोल सकते हैं कि अगर ये वन है तो ये टू है अब हमें निकालना है और तो यहां से मेरे स्क्वायर वन और टू का स्क्वायर फोर तो यहां से मेरे पास फाइव तो एच इजेस्टू मेरे पास आ गया रूट फाइव अब मेरे को साइन डेटा निकालना है sin sin क्या क्या होता theta क्या होता है है है कितना था था था अपना मेरे पास सही इसका उल्टा theta. वो इसका उल्टा हो जाता है फाइव ऊपर आ जाता है और टू नीचे आ जाता है अब मेरे को एक बात बताओ साइन टेटा इज गए टू दे रखा हो तब इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते क्योंकि साइन टाइम माइनस वन से वन में वेरी करता है इसकी वैल्यू कभी टू नहीं हो सकती तो ऐसा क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो उसमें नन ऑफ डीजिया नॉट पॉसिबल वाला जो ऑप्शन है उसको टिक कर देना चलो आगे बढ़ते हैं हमें साइन टेटा टू थ्री बाई फाइव साइन टेटा टू थ्री बाई फाइव Five, काम आता, पहले देखो कि यह पॉसिबल है कि नहीं थ्री बाई फाइव पॉसिबल है पॉइंट सिक्स आ रहा है तो माइनस वन से वन के अंदर है तो ये पॉसिबल है तो ये क्या हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पर अगर हाइपोटेनस पांच है तो परपेंडिकुलर क्या होगा तीन होगा ये, ये है है है इनकी वैल्यू नहीं ये हाइपोटेनस रेसियो हैडिकुलर कितना हो गया तीन ये वाला निकालना मेरे को बेस बेस कैसे निकालूंगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर टू हाइपोटेनिस स्क्वायर बेस का स्क्वायर निकालना है मेरे को परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कितना है no. तीन का स्क्वायर नौ हो गया पांच का स्क्वायर पच्चीस हो गया तो यहां से बी मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है ये मेरे पास इसका बेस आ गया फोर। यहां से थीटा थीटा मैं निकाल सकता वो होता है परपेंडिकुलर अपोन बेस स्क्वायर सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर कितना की वैल्यू होती है थ्री बाई फाइव ये हमेशा याद रखना है ये कोस कोस थर्टी सेवन की वैल्यू है और यह टेन थर्टी सेवन की वैल्यू है अब हम आगे बढ़ते स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन स्मॉल एंगलो का जो अप्रोक्सीमेशन है वो कैसे करता है ये बहुत जगह ज्यादा जगह है ना अगर वो बहुत छोटा है तो मैं के लिखता हूं। अगर साइन कोश ठिठा कोश ठिठा ठीठा बहुत छोटा है तो मैं इसको लिखता हूं वन के एजू क्या लिखता हूं वन अच्छा क्यों मैं इसको बना के देख लेता हूं देखो अगर मेरे पास ये एक छोटा सा एंगल है और ये आर्क है इसकी ये, थीटा है, ये आर्क है और इसकी रेडियस है ये एंगल है अगर ये बहुत छोटा है तो मैं इसको ऐसे मान सकता हूं कि कि परपेंडिकुलर है मान सकता हूँ ऐसे सही है अगर मैं बलूड ठिठा बहुत छोटा है बहुत छोटा है तो क्या हो जाएगा ये आर और इसका ये जो बेस है जो बेस है ये बो... इक्वल हो जाएंगे अप्रोक्सिमेटली इक्वल हो जाएगी जाएगी, ये ये यह, से तक की लेंथ, इसके बराबर हो बहुत बहुत छोटा छोटा है, मतलब बहुत है तो हल्का सा वेरिएशन आएगा इसकी आरी ये वाली इसके बेस में और इसकी ये इक्वल तो आ गया तो मेरे पास क्या हो जाएगा साइंटेटाइज साइंटेटाइज क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस पर क्या है आर R ठीटा होता है R का मैंने बताया था फर्स्ट वाली स्लाइड में यही तो बताया था R डेटा होता है इसके बाद हाइपोटे क्या है R R R से आर गया। तो क्या तो ये हो गया हुआ कि नहीं तो साइन डेटा अगर बहुत छोटा है तो ये वाला हम कर सकते हैं अब देखो सर ये तो हम वैसे भी मान सकते हैं अगर ये बहुत छोटा नहीं है तो भी नहीं मान सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा होगा तो हम इसको परपेंडिकुलर नहीं मानेंगे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा साइन टेटा वाले नहीं इसमें अप्लाई होंगे हमने परपेंडिकुलर इसलिए माना कि ये बहुत छोटा है इसमें बहुत हल्का सा वेरी कर रहा है इसलिए हमने माना है कोसा की बात करूं मैं कोस थिटा। कोस थिटा इस क्या होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियका बेस, बेस भी आर है मैंने क्या बोला जब दोनों बहुत छोटा है तब तो दोनों इक्वल हो जाएंगे आर अपॉन आर आर से आर गया तो क्या हो गया वन ये हो गया ना अगर मैं टेन ठिठा की बात करूं टेन ठिठा ये क्या होता है परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर क्या है आर ठि बेस क्या है R. तो ये भी क्या है? ठिटा के तो टेन ठिठा भी क्या होता है बहुत छोटे एंगल के लिए क्या होता है अप्रोक्सीमेटली ठिटा होता है तो ये तीनों फॉर्मूले याद रह जाएंगे क्या ये वाला याद रह जाएंगे ये याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है अगला एसी में क्वेश्चन देख ले साइन ठेटा तो मैंने क्या बताया था साइन ठेटा जब बहुत छोटा हो साइन टू डिग्री देने की है, तो मैं इसको टू डिग्री लिख सकता हूं अप्रोक्सीमेटली मैंने क्या बताया जब ये छोटा हो टू डिग्री नहीं लिखेंगे टू डिग्री नहीं इसको हमेशा रेडियन में कन्वर्ट करना है डिग्री में नहीं छोड़ना है टू फाइव बाई वन तो क्या हो गया नाइनटी फाइव बाई नाइनटी ये हमारा इसको हमेशा रेडियन में कन्वर्ट करना है। मैंने क्या बताया था कभी भी डिग्री में नहीं होता फंक्शन ये हमेशा रेडियन में होता है ऐसे करेंगे तो टू क्या हो जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा वन ऐसे टेन ये क्या हो जाएगा ये भी टू डिग्री फाइव बाई नाइनटी अगर मैं ऐसे ही बात करूं अगर कोस कोस कोस के लिए बहुत बड़े एंगल की बात करूं कोर्स 88.5 डिग्री इसके लिए बात करूं तो ये अप्रोक्सीमेट नाइन लेते हैं और कोर्स 90 की वैल्यू क्या होती है जीरो तो हम ये खत्म करते है हम दो चार सवाल लिख लेते हैं क्वेश्चन लिख लेते हैं उनको अगली क्लास में हम सोल्व कर लेंगे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, थीटा इसमें हमें और सारे जो इसके जो पांच फंक्शन बच गए थीटा थीटा थीटा वो सारे निकालना है इसके बाद एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं हमें 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है रेडियन ये वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे थैंक यू धन्यवाद हम अगले क्लास में मिलेंगे इसी के ट्रिग्नोमेट्री के जो बचा हुआ पार्ट है उसी के साथ मिलेंगे फिर उसके बाद हम डिफ्रेंशिएशन में पढ़ेंगे और फिर इंटीग्रेशन थैंक यू अगले क्लास में मिलते हैं